सो हे व्हाट्सअप गाई तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मोशन के टॉप 20 सेक इफेक्ट जो कि बहुत ही जबरदस्त है तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है आप लोगों को वीडियो को फुल वाच करना होगा तभी आप लोग को पासवर्ड मिल पाएगा नहीं तो आप लोग को पासवर्ड नहीं मिल पाएगा तो अगर नहीं किया तो तो के लिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करना अगर कोई सभी पूछ सकते हो तो चले प्रते हैं